Welcome, <स्थारीग> स्वागत आपका स्वीट कॉम्बैट के अगले पार्ट में स्वीट कॉम्बैट के पहले दो एपिसोड को हमने एक वीडियो में था उस वीडियो के लिए आपका सपोर्ट देखकर हम आगे के एपिसोड आपके लिए लेके आ रहे हैं तो अभी तक आपने देखा कि एक छोटे लड़के को फैसला किया था तो चलिए इस एपिसोड के लिए तैयार हो जाइए इस एपिसोड की शुरुआत में एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम बयुना है बयुना को जैंगी कॉलेज ऐसी एडमिशन लेटर आया होता है और वो बहुत ही खुश है की आह मुझे लेटर मिल गया उसकी माँ भी बहुत ही खुश होती है लेकिन उसे इस बात की फिक्र होती है कि बहिनों कॉलेज चला गया तो उनकी दुकान कौन संभालेगा? खैर अब अगले सीन में बहिनो कॉलेज आता है लगता है उसे इस कॉलेज के बारे में ठीक से पता नहीं था चारों ओर लड़किया ही लड़कियां देखकर उसका तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है बहिनों को देखते ही लड़कियां बड़ी खुश होती हैं और कहती हैं ये लो दूसरा भी आ गया लेकिन पहले वाले की तरह ये भी बहुत ही क्यूट है यार अब बहिनों भी खुद को क्यूट समझने लगता है कि यार मैं सच में क्यूट हूँ क्या फिर कॉलेज के अंदर फेंग उसको क्रॉस करके जाती है और उसको देखता ही बहिनों को कुछ कुछ होने लगता है उसे लगता है कि दूसरी लड़कियों की तरह फेंगू भी उसको पसंद करेगी और ये सोचकर वो फैंगू को छूने जाता है लेकिन फेंगू उसको उठाकर जमीन पर ही पटक देती है और नीचे गिरकर भी गिर कर भी को ही देखता रह जाता है तो अगले शॉट में कॉर्पोरेशन को दिखाते हैं जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, इस है इस इसलिए बनाया गया क्यूँकी ये एक जीनियस है और बहुत ही समझदारी से अपनी कंपनी के फैसले लेता है दरअसल के एफ सी ऐसी इसका खाना डिलीवर करते वक्त मिंग टाइम बुलिस ऐसी भिड़ गया था और इसी वजह से वो फूड को ठीक टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाया और खाना टाइम पर न मिलने पर फैक् जोयू मनी डिलीवरी मन वाले को डांट रहा होता है दोस्तों कंफ्यूज़ मत होना ना यू अलग है और फेंग जोयू अलग है अब कुछ देर बाद मिंग टाइम वहाँ पर पहुंचता है वो फेंग जोयू को सच बताता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मैं आपका खाना डिलीवर नहीं कर पाया दरअसल रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था और खाना नीचे गिर गया लेकिन फेंग जोयू उसकी ईमानदारी को नहीं देखता और डांटता है कि बहाने मत बनाओ ठीक है खाना न लहाने के लिए मैं तुम्हारी कंप्लेट जरूर करूंगा और तब वहाँ पर फैंक आती है वो भी इस कंपनी में बराबर की हिस्सेदार है वो फेंग जोई है कि इससे मत डांटो ये मेरे स्कूल में ही पढ़ता है अच्छा तुम्हारे स्कूल का है तो मैं क्या करूँ कंप्लेंट तो मैं जरूर करूंगा क्योंकि ये मेरा खाना नहीं लाया इस पर मिंग टैन दोबारा माफी मांगता है और कहता है ये मेरी गलती है सर मुझे माफ कर दीजिए मैं आपके लिए दूसरा खाना लाने की कोशिश करूंगा और ये कहकर मिंग टैन चला जाता है लेकिन फेंग जोई उसको डांटा बंदी नहीं करता फिर अगले सी में फेंग अपने मामा की कब्र आरोप फूल रख रही होती है और तुम लड़की कैसे बन गई? ऐसे तो सिर्फ मास्टर है तुम एक पागल मास्टर हो और ये सुनकर छोटी फैंग्यू बहुत ही रोई थी लेकिन उसके मामा ने उसको एक गुड़िया दी थी और बड़े प्यार से पूछा था की तुम रो क्यूँ रही हो ने रोते हुए बताया कि क्लास में एक लड़के ने मुझे मॉन्स्टर कहा मुझे बहुत ही बुरा लगा मामा जी लेकिन इसमें उसकी भी गलती नहीं है लड़की होकर भी मुझे मम्मी पापा ने लड़कों की ड्रेस पहनाई मतलब मैं सच में मॉन्स्टर हूँ अब उसकी उदासी देखकर उसके मामा जी ने कहा कि मेरे लिए तो तुम हमेशा मेरी प्यारी अंजलि रहोगी मास्टर के तो सिंग होते हैं लेकिन तुम्हारे तो सिंग नहीं है मतलब तुम अंजलि हुई ना और ये सुनकर फैंक बहुत ही खुश हो गई थी और उनकी दीवी गुड़िया से खेल रही थी तब अचानक उसके दादाजी ने आकर उसकी गुड़िया छीन ली और उसको डांटा कि इतनी बड़ी होकर तुम गुड़िया से खेल रही हो और इस पर फैंक बहुत ही दुखी हो गई थी अब अपने मामाजी की कब्र के सामने खड़ी होकर वो रोती है की मैं आपकी दीवी गुड़िया भी अपने साथ नहीं रख पाई फिर वो कुछ देर प्रार्थना करके वहाँ से चली जाती है इतने में पहुंच जाता है और फैंक को कार में जाते हुए देख लेता है दरअसल मिंगटेन अपने पिता की कब्र पर फूल रखने आया होता है लेकिन वहाँ पहले से कुछ फूल रखे हुए होते हैं और मिंगटेन हैरान हो जाते हैं कि ये फूल पहले किसने रखे फिर वो अपने फूल रखकर प्रार्थना करता है और चला जाता है अब अगले दिन कॉलेज में मिस्टर वेंग फेंगयू, जियाओमी, दूसरी क्लास की लड़की मियाँ और मिंग को बुलाकर पूछते हैं की कल शाम तुम लोगों ने फिर से लड़ाई की थी ना तुम लोगों पर कई कंप्लेट आ रही है और मिस्टर की डांट सुनकर कहता है है कि सारी गलती मेरी है सर मुझे माफ कर दीजिए इसलिए आप सिर्फ मुझको ही पनिशमेंट दीजिए और अब तीनों लड़कियां बड़ी हैरान हो जाती हैं कि ऐसे अच्छे लड़के भी होते हैं इस दुनिया में वाह लेकिन मिस्टर वैंग कहते हैं तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो मिंगटैन और ऊपर से तुम कॉलेज में न आए हो लेकिन इन तीनों को तो कॉलेज के सारे रूल्स पता है तो फिर इन लड़कियों ने लड़ाई क्यों की भाग लेना है और हमारे कॉलेज को भी तो चैंपियनशिप जीतनी है अब मिया उछल कर मिंग टैन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है सर मैं इसको ट्रेन करूंगी मिया को मिंग टैन पर बहुत ही बड़ा क्रश होता है लेकिन मिंग टैन किसी काम का बहाना करके वहाँ से बच निकलता है अब सुनहाओ नाम के एक लड़के को दिखाते हैं जो दूसरे कॉलेज का बॉक्सिंग चैंपियन है इसने हाई स्कूल के एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अपने अपोनेंट को 30 सेकंड में ही नॉकआउट कर दिया था और इस वजह से ये इंटर कॉलेज लेवल पर भी बहुत ही फेमस हो गया है अब फेंग्यू के कॉलेज की एक लड़की उससे मिलने आती है ये लड़की बॉक्सिंग में फेंग से हार गई थी इसीलिए इस साल के टूर्नामेंट में उसको सेलेक्ट नहीं किया गया था और वो कहती है कि मुझे इस टूर्नामेंट में भाग लेना है और फेंगू को हराना है अब उसकी बात सुनकर सुनहा कहता है की चलो तुम्हारे कॉलेज स्टेडियम में जाकर फैसला करते हैं और अब कॉलेज में मिंग को दिखाते हैं कई लड़कियां उससे पूछते हैं की हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तुम हमें अपना एड्रेस देकर जाओ तुम्हारे जाने के बाद हम तुम्हारे भाई बहन का ख्याल रखेंगे वो ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म होता है मिंग टाइम चौंक जाते हैं की मैंने कब कहा की मैं ऑर्गन डोनेट करने वाला हूँ वो पूछता है की ये सब चल क्या रहा है तब एक लड़की उसे नोटिस बोर्ड देखने को कहती है और वो घबराता हुआ जाकर नोटिस बोर्ड देखता है तो उसमे बॉक्सिंग टूर्नामेंट में के की पर उसका नाम लिखा है। और ये तो की एक मैं वो चीज तुम्हारी कब्रा कर जरूर रखूंगी अब इनकी बातें सुनकर मिंग टैन बड़ा ही हक्का बक्का रह जाता है तब जोमी कहती है की तुम फिक्र मत करो हम तुमको अच्छे से ट्रेन करेंगे ओके दीदी और ये कहकर वो चला जाता है ओ दीदी किसे कहा मुझे क्यों नहीं आ रही है। आ कर पूछता है की तुमने मुझे अपना अपोनेंट क्यूँ चुना क्या मुझे हरा कर मेरी इंसल्ट करना चाहती हो तुम इसे इंसल्ट क्यूँ समझती हो ये तो इस कॉलेज का ट्रेडिशन है यही नहीं मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें जो ट्रेनिंग मिलेगी उससे तुम बाहर के किसी भी चैंपियन को हरा सकोगे लेकिन मिंग कहता है कि मुझे बॉक्सिंग में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और मैं कभी नहीं लड़ूंगा अब फेंगू कहती है कि या तो तुम मुझसे लड़ो या फिर ये कॉलेज छोड़कर चले जाओ और इस पर मिंगटैन कहता है कि इस बार तो मैं इस कॉलेज को सच में छोड़ने वाला हूं। और ये कहकर वो चला जाता है फैंग जो चाहती थी उसका बिल्कुल उल्टा हो गया था अब जाओ में फेंग्यू को डांटती है की ये तुमने क्या कर दिया मिंग कॉलेज से जाने की बात कर रहा है और तब फेंगू उसको सारी बात बताती है चलते चलते वे के में पहुंच जाते हैं जहाँ मिंग फूड डिलीवरी का काम करता है अंदर जाना चाहती है लेकिन कहती है कि मैं मिंग टैन से माफी नहीं मांगूंगी और कहती है कि माफी मत मांगो लेकिन मुझे भूख लगी यार खाना तो खाने दो अब दोनों अंदर जाकर मिंग टैन के बारे में पूछती हैं तो एक लड़का बताता है कि पिछली बार फूड डिलीवरी में एक प्रॉब्लम हो गई थी और मिंग को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हुआ और इस वजह से उसने नौकरी छोड़ दी अब ये सुनकर ये दोनों बिल्कुल चौंक जाते हैं अगले शॉट में बहिनों को दिखाते हैं जो कॉलेज में फैशन शो की तरह चल रहा होता है उसको लगता है कि मैं इतना अच्छा हूँ कि सारी लड़कियाँ मुझको ही देख रही हैं और वो खुद को रोमियो समझने लगता है लेकिन सारी लड़कियाँ उसको नहीं उसके पीछे किसी को देख रही होती है और तब मुड़कर देखता है तो उसके पीछे सुनहाओ और उसकी फ्रेंड कॉलेज के अंदर आ रहे होते हैं अब सारी लड़किया सुनहाओ के पीछे जाने लगती है वो दोनों स्टेडियम में चले जाते हैं और वो लड़की रिंग के सेंटर में आकर कहती है की फैंगू को बुलाओ मुझे उसको चैलेंज करना है बयुनो मिया से पूछता है कि कि ये ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। है मिया बताती है कि ये इस एरिया का सबसे फेमस बॉक्सिंग रिंग है। बाहर का कोई भी आकर किसी को भी चैलेंज कर सकता है और बयुनो कहता है कि क्या मैं भी किसी को चैलेंज कर सकता हूँ हाँ बैुनो कर सकते हो लेकिन चैलेंज करने से पहले एम्बुलेंस भी तुमको बुलानी पड़ेगी और इस पर बैुनो कहता है की मैं मजाक कर रहा था यार इतने छोटे स्टेडियम में मुझसे लड़ा नहीं जाएगा तब जाओमी आकर कहती है कि फेंग तुम्हारे गुलाम नहीं जब तुम चाहो तब आ जाएगी उसकी फाइट तो मिंग के साथ ही होगी और मिंग को हम ट्रेन करने वाले हैं। तब वो लड़की कहती है कि यहाँ कौन किसके साथ फाइट करेगा इसका फैसला तुम जूनियर्स लोग की सीनियर का फैसला है की फेंगू तुम्हारे साथ फाइट नहीं करेगी कर लो जो करना है अब उस लड़की की बोलती बंद हो जाती है और वो सुनहा को देखती है और वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता है अब अगले शॉर्ट में फेंगू को दिखाते है जो मिंग के लिए एक साइकिल खरीदने आई है उन पुलिस की वजह से मिंग टैन की साइकिल टूट गई थी इसलिए फेंगू उसके लिए एक नई कॉस्टली साइकिल खरीदना चाहती है और तब तो उसके मोबाइल पर मिस्टर वेंग का मैसेज आता है कि मिंग टैन अभी नहीं आया उसे ट्रेनिंग भी नहीं मिली है तुमने उसे अपना अपोनेंट क्यों चुना लेकिन वो मैसेज को इग्नोर कर देती है फिर मिस्टर वैंग कॉल करते हैं पर फेंगू कॉल को कट कर देती है वहाँ मिंग टैन एक लेटर लेकर चाहता हूँ ले तु और तुम हो की जाना चाहते हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मिंग टैन कहता है की मेरी परमिशन के बिना आपने मेरा नाम इस टूर्नामेंट में क्यूँड किया मिस्टर बैंक कहते है की उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ये ट्रेडिशन है और तुम्हे फेंग यू से लड़ना ही पड़ेगा अगर तुम्हें डर है कि लोग तुमको देखकर हंसेंगे तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल मास्क बनवा सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ प्लीज कॉलेज कर करे तो करे क्या और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है अगर ये स्त्रीजा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अपनी सर्कल में शेयर जरूर कीजिए साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग